मैं हमेशा हंसी के गीत गुनगुनाता रहा मैं हमेशा हंसी के गीत गुनगुनाता रहा हाथ खाली था पर कामयाबी के हवाई पुल बनाता रहा हाथ खाली था पर कामयाबी के हवाई पुल बनाता रहा यकीन था एक दिन आएगी हाथ में मेरे यकीन था एक दिन आएगी हाथ में मेरे इसलिए खुद को चलते रहने के लिए समझाता रहा इसलिए खुद को चलते रहने के लिए समझाता रहा जान निकल गई तड़पते तड़पते धूप में मेरी वक्त ने करवट ली फिर सदा सोने की तरह चमचमाता रहा वक्त ने करवट ली फिर सदा सोने की तरह चमचमाता रहा फिर सदा सोने की तरह चमचमाता रहा